एंड राज आईलैंड यहाँ पे बोट अलॉट होती है और हमारी बोट आ गई है so friends चलते है और घूमते हैं चिलका लेट मेरे hey. लिए Crabs, और और और बोट वाले अंकल ने बताया कि कि वहां के लोकल सेलर्स आ, पर्ल एंड मूनस्टोन सेल करते हैं। तो हैं हैं। तो आइए चलते देखते कैसे आ, सीप में से पर्ल्स निकलते फ्रेंड्स, फ्रेंड्स so, इस में से रियल मोती निकलते hmm? हैं मूर्ति निकाल के दिखाइए। है न भैया जो जंगल है जंगल का पीछे सागर होता है लोग जाके जो जाल मछली के लिए मछली का साथ ये सब कलेक्शन होता है देख लीजिए कैसे निकलता है में में नहीं तो फ्रेंड्स सीप में से निकला मोती है देखिए कितना सुंदर लग रहा है छोटा बड़ा ऐसा so मैंने अभी आपको दिखाया था कैसे लाइव की कैसे सीप में से मोती निकलता है और ये है वो मोती जो यहाँ पे और भी सारे स्टोन अवेलेबल है लाइक एंडा पुखराज एंडल अभी में से निकाल रहे हैं। ओ ये ये भी है है ना? अंकल ये क्या है कोरल रीफ। अच्छा सो so, ये है कोरल रीफ और इसमें से निकलता है मूनस्टोन, पन्ना एंड मूंगा अभी मैंने आपको लाइव दिखाया है कोरल में से निकली हुई चंद्र कण मनी है और ये बहुत सुंदर है नवग्रह के लिए नवग्रह के लिए काम करता है काम करता है सो so, फ्रेंड्स ये रेड क्रैप है ये हाई टाइट में नहीं रहते ये रेड पे रहते हैं रेत के नीचे फ्रेंड्स so बोट वाले अंकल ने बताया कि अब हम ही अब लोग जा रहे है डॉल्फिन देखने और फ्रेंड्स डॉल्फिन थोड़ी डीप में रहती है एंड चिलका लेक सबसे ज्यादा फेमस ही डॉल्फिन के लिए है so आपको दिख रही होगी मैं थोड़ा कैमरा को जूम करके दिखा रही हूँ डॉल्फिन को कैप्चर करना कैमरे में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि वो जल्दी से ऊपर आ जाती है पानी के और फिर वो जल्दी से नीचे चली जाती है पानी के बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं आपको डॉल्फिन दिखा सकूँ सो फ्रेंड्स दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स जो हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पे आती है और ये यहाँ पर जैन और में ज्यादा दिखती है आगे। आगे। यहाँ पे अचानक बारिश तेज होने लगी है सो देउथ आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा So bye guys stay tuned for my next vlog